नाच तो मेरा सबने सबने देख लिया दे, उंगलियां दिया क्या ना, ना, क्या क्या उसे और उनको भी बड़ी खुशी होती है जो आपको नाचते हुए देखते हैं है हाँ। हाँ ना अरे मम्मी इतना अच्छा नाचती है दीदी इतना अच्छा नाचते सपोर्ट कर दिया करो और जो है ना वो शायद जलते होंगे अब ये देख लेना बिग बॉस के बाद आपकी पॉपुलरिटी और भी बढ़ जाएगी और आपके शो के अंदर अभी लाखों से करोड़ों लोग आने शुरू हो जाएंगे एनर्जी तो है बट आप थोड़ा सा करो तो तो फॉरेन कंट्रीज से शोज के बहुत सारे ऑफर आते हैं लेकिन आप करती नहीं हो उसका रीजन है सर क्या रीजन है इंग्लिश नहीं आती मतलब वो एक वो टोन अलग आता है बोल तो ले बोलो बोलो टोन में बोलो क्या बोलूँगा Hi, how are you? आप टीचर बनोगे क्या होगा अच्छे दिखाओ मेरी तरह क्या, क्या बोले आप, आपको मैं कैसी लग रही हूँ तो मैं थाना घनी फूट रही लाग रही हूँ तो ठाने घर फूतरी लाग रही भूतनी भूतरी <laughs> <पूत्री नहीं>। <laughs> <फूत्री। laughs>